हेलो वाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम एक क्यू गेम प्ले वीडियो के साथ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बिग लेजेंड हंड्रेड गेमिंग और मेरा नाम है अनुजार और आज हम क्लासिक रैंक गेम प्ले मेरे दोस्तों के साथ गेम प्ले किया है और एक टीम और था मेरे दोस्त का दोस्त जो कि अभी गेम पर नहीं आ पाया उसका नेट स्लो है इसलिए और मेरे दोस्त मुझे अनफॉलो करके चले गए क्योंकि वो पीक पर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पीक पर जाने से उनका रैंक माइनस लग सकता बट मुझे फाइट करना था और पीक पर ही जाना था और मेरा ये फेवरेट प्लेस है इसलिए मैं यहीं पर आना पसंद करता हूँ और यहाँ पर दो स्कोर्ट के बंदे एक साथ आ चुके हैं एक स्कॉट तो पहले ही उतर चुकी है और हम ऑलरेडी लेट थे बट यहाँ से पीछे की साइड में जंप करता हूँ ये मैन वाले घर पर और यहाँ और एक बंदा ऊपर से सीधा आता आता है है। और और यहीं पर आता है। मरना क्या के लगता? और इसके पास गन नहीं होती है लास्ट लास्ट में इसी तरीके ऐसी डाउन कर देता हूँ कोई और बंदा चोरी कर लेता है और एक बंदा और यहाँ से रश करता है लेकर का तो वो मुझे फाइट नहीं करता और यहाँ से भागता है करके। देखा दे जाए। okay. और मैं उसको ये तरीके से डैमेज देता हूँ बट ये बंदा बहुत ही मुझे भागा है और मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता और इधर साइड से वो भाग रहा था और डैमेज देता हूँ बट एम का हेड ही नहीं लगता और एम पी आठ ही वाली बची थी और आठ वाली के साथ मैं इसको डाउन कर देता हूँ और मुख के शोट से इसको झलते झलते लूट, फिनिश करने के बाद मैं यहां से लूट लेता हूं या फिर मुझे नहीं नहीं इसकी गन और और यहां पर दो या तीन बंदे फाइट कर रहे थे और एक बंदा साइड पर गोल लगा के पिची की साइड से खड़ा था तो मैं यहां से इसी तरीके से वो तो हेट मार देता हूँ और एक बंदा डाउन था जो नीचे जंप कर दिया था और मेरा यहाँ नेट बहुत सिलेक्ट कर रहा था फोन और यहाँ पर इसको मिलाकर कर थ्री केस मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ बहुत सरवाइव करने के बाद थोड़ी देर घूमने के बाद यहाँ फिर भी दो या तीन बंदे हाइड शाइट फाइट कर रहे थे रह, रह बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किधे से रश करूँ किस तरफ जाऊँ और फाइनली एक बंदा ये ऊपर ही होता है इसलिए मैं ऊपर नहीं जाता और वो पीछे से जंप करके सीधा भागता है पीछे की साइड फट वो पीछे मुड़ जाता है और गलत सीन हो जाता है और मेरे पास नॉक सेवन आउ करिए वाली गन होती है इसलिए उसको नहीं मार पाता और मेरा टीममेट मुझे फिर रिवाइव कर देता है और रिवाइव होने के बाद मैं रिवर साइड रिवर साइड के ब्रिज के साइड पर आता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी से जंप करते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर लूट करने के बाद मुझे एक स्नाइपर गन मिलता है और कुछ मिलता नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लूटेड हो चुका था एनिमी ने या किसी बंदे ने लूट कर यहाँ से चले गए थे तो मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता गन वगैरह और एक बंदा यहाँ से ऊपर से फिर से जाता है बंदी और इसको मैं इस तरीके से डाउन कर देता हूँ और इसके थोड़े मज़े ले लेते हैं यहाँ पर लेट का ही चीज़ में खड़की वड़की या कुछ कमेंट ना करना है। क्योंकि ये सिर्फ मैंने ऐसे मजे लेने के लिए किया मैं क्या कि में बुरे सोच के लिए और एक बंदा यहाँ से गाड़ी लेकर भागता है और गाड़ी की स्कीर बहुत ही ओपी लग रही थी और उसको एम कनेक्ट करता हूँ बट एम कनेक्ट होता ही नहीं उस गाड़ी को और वो इसी तरीके से यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर बहुत सर्वाइव करने के बाद कुछ क्लिक मैंने यहाँ पर कट कर दिया जो कि कुछ टाइम तक यहीं पर सर्वाइव कर रहे थे टीम मेट के साथ और एक बंदा पीछे आता है मेरे दोस्त को मार देता है और रुको मुनकर भागता है लेकिन मैं उसको एक तरीके से फिनिश कर देता हूँ और मेरे टीम भी मारा जाता है और एक बंदे और दो बंदे एक साथ यहाँ पर रश कर देते हैं मेरे एक टीम पर लेकिन मैं एक एक बंदे को तो यहाँ पर एक तरीके से डाउन हो जा डाउन कर लेता हूँ मैं भी डाउन होते होते बचता हूँ और मेरे टीम उसके साथ फाइट करते करते वो भी डाउन हो जाता है अभी अपोजिट पे मेरे टीमेट को भी वो बंदा मार देता है और मैं यहाँ से जाता हूँ बट यहाँ से सीधा जाना ठीक नहीं होगा इसलिए वो बंदा रिवाइव करने के लिए पीछे और मुझे रश नहीं करना था और इसमें बॉडी शॉर्ट बहुत कम आ रहा था पता नहीं क्या गिलीच हो गया था बंदा मुझको मार देता है और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और शायद करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो